एक संदीप नाम का व्यक्ति रहता था संदीप की पत्नी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था अब बेचारा संदीप अकेला ही रहता था परंतु संदीप की एक बेटी भी थी जिसका नाम रूबी था रूबी ऐसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और एक लड़के से प्यार करती थी उस लड़के का नाम बिनोद था एक दिन रूबी विनोद से मिलने जाती है और कहती है विनोद ये क्या कर रहे हो तुम तुम मुझसे शादी कब करोगे अरे पागल शादी की कितनी जल्दीबाजी क्या है कर लेंगे और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है अभी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ मैं देखो विनोद अगर जो तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो वरना मेरे पिताजी कहीं ना कहीं मेरी शादी कर देंगे उसके बाद तुम हाथ रगड़ते रह जाओगे अरे पागल दोबारा ऐसी बात मत बोलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा प्लीज यार ऐसा दोबारा मत बोलना ठीक है नहीं बोलूंगी लेकिन अब तो बताओ मुझसे शादी कब करोगे अरे यार कर लेंगे शादी इसमें जल्दी क्या है तुम्हें तो पता ही है अभी मेरे घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है ही हूँ जो पूरे घर का खर्चा चलाता हूँ तो थोड़ा मेरे को सोचने का समय दो यार प्लीज ठीक है मेरी तरफ ऐसी काबिल बन जाओ और ऐसे भी आज सोच रही हूँ की पापा को आपके बारे में बताओ और उनसे बोलूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं ताकि मेरे पापा भी इस शादी से कोई एतराज ना हो और हम आराम से एक दूसरे से मिल सके अरे नहीं यार ऐसा मत करना तुम्हारे पापा को पता चल गया कहीं हम दोनों को मिलने से मना कर दिया तो क्या करेंगे हम दोनों अरे नहीं यार मेरे पापा ऐसे नहीं है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा हर एक कहना मानते है और ये भी जरूर मानेंगे ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा और इस तरह रूबी शाम को अपने घर आती है और अपने पापा से बोलती है पापा मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी से हो क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बोल रही है तू तेरा पिता हूँ और तू कुछ भी बोलेगी मेरे सामने और ऐसे भी कौन लड़का है पापा हम दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे अच्छा तो अब मुझे समझ में आया तुझे मैं कॉलेज में पढ़ाई करने भेजता था या वहाँ पे गुल्छर उड़ाने के लिए भेजता था पापा ये कैसी बात बोल रहे हैं? आप इतना अच्छे से मुझे से बात करते थे आज आपको क्या हो गया है देखो बेटा गार्जियन प्यार तभी करता है जब उसके बेटे अच्छे रास्ता चलते हैं। अगर जो उनके बेटे गलत रास्ता चुन ले उसके बाद उसके पिता या उसकी माँ कभी उससे प्यार नहीं करते है बेटा ये सब गंदी चीजें है तुम ये सब करना छोड़ दो परंतु पापा मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उनके बिना नहीं जी सकती अच्छा मतलब मेरे बिना तुम जी सकती हो अपनी माँ के बिना जी सकती हो और उस दो कौड़ी के आदमी के बिना नहीं जी सकती जो चार दिन हुआ तुमसे मिले हुए पापा चार दिन नहीं हुए हैं पूरे हम लोग के रिलेशनशिप को आज छह साल हो गए अच्छा छता है तेरा कुछ न कुछ बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा क्यूँकि तू बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई है मैं तो आज तक समझता था कि तू बहुत ही ज्यादा समझदार है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरे सर को इतना नीचे तक गिरा देगी और ये कहकर उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं थोड़ी देर बाद उसके पिता फिर से आते हैं और रूबी से बोलते हैं देख तेरे को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है आज के बाद तू हमेशा घर में रहेगी और तेरी शादी मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ फिक्स कर दिया है तो इसी तू अब कहीं नहीं जाएगी और मेरे दोस्त के बेटे से ही तुझे शादी करना पड़ेगा जब रूबी इस बात को सुनती है तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे तभी शाम को वो अपने बॉय से मिलने जाती है और अपने बॉय से बोलती है यार सब कुछ गड़बड़ हो गया मैं तो अपने पापा से अपने प्यार के बारे में बताने गई लेकिन मेरे पिताजी मेरा शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिए प्लीज यार मुझे किसी और से शादी नहीं करना है प्लीज मुझे भगा कहीं ले चलो अरे यार ये कौन सा मुसीबत आ गया मैं तुमसे बोला था ना यार कि अभी बात करने की जरूरत नहीं है और ऐसे भी मैं तुम्हें अभी भगा के ले जाऊंगा तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या ऐसे भी मेरे घर की स्थिति तुम्हें पता ही है मेरी दो दो बहनें हैं उनकी भी शादी करनी है यार तुम मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा दियो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कुछ नहीं जानती अगर जो तुम मुझे आज नहीं भगा के ले गए तो मैं कसम से बता रही हूँ जहर खा के मर जाऊंगी